beta naache na ha ye is record pay raj ko is the hai gide mobaz mun thar आज ठीक पेड़ एरिए मोबाज मुन्न धारो अज ठीक पेड़ो छोरी तुन तो गिड़ पालो कायरी गिर बोत सा साफ सुन बोत सा साफ सुड़े दूर चले जा तू तो तुम्हारा दिल माया रहगी दिल का यार दरवाजा खोलर तू कोई खेल कूद पतली सिर जा मल नी अरे दिल को क्या वाणी फाड़ू पेज लिखी धारा प्यार लग या बत की डोरज न डाट लेगी के आशे अरे तो खोए महराज न देर कुछ कदन काट ले गे फैर खुशी कदन काट ले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 आई लव यू तो बोल छोरा खे दियो थारी को पारी अच्छा। तुन तो मारी सी हालत क्यों कर दे करोरी ओन मायरी को थार खावा सोडर दूर चले जागर शोगन खावाड़ी दिल सु क्यों भरत राख जरी दिल सुबाई दिल सुी मैं सो तो से पे गोरे राठ भिजिया मोड़े आवे गो। गौ हमारी बेटी रोहत लाद गे मनी मारो पापो चीज सुवे गौ पापो चीज सुनावे गौ हमारा YouTube चैनल सुखलाल गीत के द्वारा पेश किया जा रहा है इस बेहतरीन के सुखलाल मटवार इनके मोबाइल नंबर सत्नवन अन्यानवे सत्यासी अट्ठावन तीस इसमें विशेष सहयोग किया है हेमराज गुगर इनके मोबाइल नंबर तिरानवे इक्यानवे तेईस चौसठ जीरो छह माई फ्रेंड विद प्रकाश खाओ चीना ने आजकाल कु खारी और दौड़ा चीना ने रे दिल के पूरी बातें तेरेली वेद पर घास मीणा ने रे वेद पर घास मीना ने आजकाल कुन खा